हम दुलू हैव खाति बा पति देव बंदे बा। बाजा जेले आई जे के लिए जाए उनके नामी खा जाना सद देव खाति बा